और अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं आठवें स्थान के लॉर्ड बनते हैं सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर पांचवें भाव में होने जा रहा है देखिए पंचम भाव जो होता है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए कुंडली में जो है बन के आई है पंचम स्थान जो होता है इससे संतान का विचार किया जाता है एजुकेशन का विचार किया जाता है इसके अलावा जो है आपके फॉलोअर्स कितने होंगे इसका विचार किया जाता है मांगलिक उत्सव मांगलिक कार्य का विचार भी पंचम स्थान से किया जाता है इसके अलावा हार्ट से संबंधित यदि कोई रोग होता है उसका स्थान भी पंचम स्थान से किया जाता है पंचम स्थान जो होता है प्रेम संबंधों के लिए भी जाना जाता है तो गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में शुभ रहेगा गुरु के इस परिवर्तन के कारण आपको संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे संतान प्राप्ति में यदि कोई दिक्कत आ रही थी तो यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे करके आया है सिंह राशि की जो भी महिलाएं मां बनना चाहती थी वो इस समय मां बन सकती हैं वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी एजुकेशन ग्रहण करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा अब आप पूछेंगे भाग्य का तो नवम घर होता है तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति पंचम से जो है बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि भाग्य के घर को दे रहे हैं जो एक नंबर लिखा ये भाग्य का घर है सिंह राशि के जातकों के लिए तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपको भाग्य का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा पिता के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे आप तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे आप विदेश गमन करेंगे उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं इसके अलावा दर्शकों यदि कोई साक्षात्कार है यदि कोई इंटरव्यू है तो सिंह राशि के जातकों आपके लिए बड़ा लाभदायक गुरु का ये जो गोचर आपके में के लिए बड़ा और आप परोपकारी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे आपके माता पिता इस दौरान आपके व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश रहेंगे इस गोचर के दौरान आपको ये फीलिंग आएगी एहसास होगा कि पैसा सिर्फ जीवन की ज़रूरत है और जीवन की असली खुशी तो लोगों की हेल्प करना है और उन्हें खुश देखना है आर्थिक पक्ष पर इस दौरान आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और जितना आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहेंगे हालांकि देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ने से इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी देव गुरु बृहस्पति सक्षम है आपको आपके हक का जो है पैसा दिलाने के लिए इसके अलावा दर्शकों नए मेहमान की दस्तक से आपका मन बड़ा आनंदित रहेगा चूँकि गुरु ग्रह ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं इसलिए इस गोचर काल में आपके ज्ञान में भी अभीष्ट वृद्धि देखेगी स्थान जो जो जो दर्शकों होता है, होता है तो है है के मालिक बनते हैं ये का तो भी लोग से से रिलेटेड रिलेटेड दर्शन दर्शन शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छे परिणाम मनोनुकूल परिणाम मिलेगा इस समय आप कोई नया वाहन इत्यादि कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का मन बना सकते हैं दर्शकों पंचम स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं लग्न होता है आपकी शरीर रूप रंग आकृति तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी जो है आभा रहेगी आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप फेमस हो जाए आपका स्वभाव बहुत सौम्य रहेगा आपकी विनम्रता बहुत अच्छी रहेगी मस्तिष्क का होता है तो आपके मस्तिष्क में तमाम नए नए शोध नाए -नाए आएंगे नए नए ज्ञान आएंगे आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं या आपने यदि अपनी पढ़ाई क्विट कर दी थी तो पुनः आपके मन में आएगा चलो यार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी वगैरह रिसर्च वगैरह किसी अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं ये चीजें आपके साथ होंगी कोई नया प्रेम आपके जीवन में दस्तक दे सकता है सिंगल थे तो आपकी कोई गर्ल अथवा बॉय फ्रेंड आपके लाइफ में इस गुरु के परिवर्तन के कारण आ सकती हैं वास्तविक जीवन में दर्शकों आपकी कुंडली में चल क्या रहा है आप अपनी यदि कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो वो ज्यादा एक पता चलेगा लेकिन फिर भी सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन रहेगा ये काफी अच्छा रहेगा दर्शकों और अधिक शुभता में वृद्धि लाने के लिए आपको कुछ हम प्रयोग बता रहे हैं इसको आप करिएगा तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम बीम गौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन पुरुष शुक्ल और विष्णु सहस का आप लोग पाठ करिए इसके अलावा बृहस्पतवार के दिन किसी भगवान विष्णु के मंदिर में जा के आप उनके दर्शन कर सकते हैं ब्राह्मणों को बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई जरूर खिलाइए किसी गाय को आप बेसन से बनी हुई वस्तु चाहे वो चने की दाल हो गई या बेसन से कोई मिठाई हो गई तो ये आप लोग गाय को जरूर खिलाइए ये, ये यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए शुभ फलों के तमाम जो तो है वृद्धि होगी प्राप्ति होगी बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु यज्ञ भी आप लोग करवा सकते हैं तो दर्शकों ये सब आप प्रयोग करिए कैसा लगा हमारे ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दर्शकों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अपना प्यार यूँ ही बरताते रहिए यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हाँ वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल हमारे जो है चैनल पर हर माह का पड़ता है तो आप लोग देख सकते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार